अपना सहारा नाइन टूडे वोस न्यूज चैनल मुरादाबाद कपूर कंपनी का पुल बंद होने से राजनीतिक दलों ने रोटियां सेंकनी शुरू हो गई प्रियांशु जोशी हिंदू समाज पार्टी मुरादाबाद में लाइन पार्क की आबादी को जोड़ने वाला कंपनी पुल जब से बंद हुआ है तब से राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेंकनी शुरू कर दी है पहले सांसद एस हसन फिर नगर विधायक रितेश गुप्ता और अब हिंदू समाज पार्टी भी मैदान में कूद गयी है हिंदू समाज पटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रियांशु जोशी ने सोमवार को कपूर कंपनी के पुल पर पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि पुल बंद होने के कारण रेलवे ट्रैक से निकलने वाले लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मंडल रेल प्रबंधक अजय आनंद है उन्होंने कहा की यदि रेलवे जल्दी पुल नहीं खुलेगा तो हिंदू समाज पार्टी खुलकर आंदोलन करेगी उसके लिए चाहे उन्हें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़े या फिर विधानसभा का घेराव करना पड़े वह व्यापारियों के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे उन्होंने जनप्रतिनिधियों सहित डी को खुली चेतावनी दी है कि जल्द ही कपूर कंपनी पुल को खोलें अन्यथा उनके द्वारा किए जाने वाले धरना प्रदर्शन की समस्त जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी मुरादाबाद से जगत सिंह की देखिए कपूर कंपनी का पुल है जो बंद हुआ पड़ा है काफी दिनों ऐसी जिसमे स्टूडेंट और आम जनता को काफी परेशानिया हो रही है और इसमें माननीय विधायक जी ने दो दिन का समय आम जनता से मांगा है कि दो दिन के अंदर पुल के लिए जो भी प्रकरण होगा वो होगा मैं क्लियर कहता हूँ जब सारे हथकंडे बंद हो जाए जब सारे हथकंडे बंद हो जाएं तब हिंदू समाज पार्टी कूदती है और वो हंड्रेड परसेंट जब कूदती है ना तो फिर वो मौत का नजारा देखने को भी तैयार है हम तो मरने को तैयार हैं मरने मिटने को तैयार है लेकिन गारंटी देते हैं कि दो दिन के बाद अगर तीन दिन के बाद कोई एक्शन नहीं होता है तो उसके बाद हिंदू समाज पार्टी का जो आंदोलन होगा हो मुरादाबाद में दिखेगा की हम जो कहते हैं वो करते हैं अमर बल्लीदानी कमलेश तिवारी जी के हम पीछे हटने वाला कार्य कोई नहीं करते जय श्री राम वंदे मातरम जय हिंदुरा रेलवे ट्रैक पे रेलवे टैक से जब पुल बन था तो उसमें जब आदमी टैक्स से जा रहा है उसकी हत्या जो भी उसकी हत्या हुई उसका भी जिम्मेदार डीआरएम है मैं तो खुले लफ्जों में कह रहा हूँ और ये रेलवे टैक जिस दिन अगर ये नहीं खुला अगर ये कपूर गंभीर का पुल नहीं खुला तो ये बात निश्चित समझ ले डीआरएम मेरी खुली चेतावनी है मुकदमा लिखवा दे मुकदमे से नहीं डरता चक्का जाम करूंगा हाईवे जाम करूंगा जो तुमसे उखेड़ा जाए उखेड़ वालों में से नहीं है। जो हम कहते हैं वो करते हैं एक महिला भी मर चुकी है हम वो तो भी है सारी डिटेल तक प्रोसीजर है। तो दे क्लियर जब... देखिए ज्ञापन देने के बावजूद ज्ञापन देने के बाद भी हमारा तो सीधा सिद्धांत है हम चक्का जाम करें हाईवे जाम करें हम तो लाइटी जो टाइम दिया फिर आप दो दिन देख लो दो दिन के बाद जब सब जगह ऐसी दिखाएंगे मेरे पास मैं आऊँगा आपके पास बात करो आप आए मैं आए बात ठीक है भैया दो दिन का आप समय मांगा आज वो लखनऊ बता रहे हैं जाएंगे वो और वो कल दिल्ली बात करेंगे और उसके बाद तीसरा दिन फिर हम देखते हैं क्या बिल्कुल आप मुझे बताए तो ना हम तो हर तरीके से तैयार हैं तन मन धन और चौथी चीज भी साथ की कोई दिक्कत नहीं ठीक है जय श्री राम धन्यवाद जय धूला जय